सरहदों पर तनाव है जी हां भारत चुणाओ। चुणाओ में चुनाव चुनावों के चक्कर में मोदी सरकार ने अपने बकरी जवानों की बलि तो चढ़ा दी ले। लेकिन अब यह बलि उनके गले की हड्डी बन गई है न उगले चैन आ रहा है न निगले चैन आ रहा है पाकिस्तान को धमकियां देना तो चाय वाले मोदी की मजबूरी है लेकिन टांगे जरूर काफी होंगी कि अगर पाकिस्तान ने जवाब दे दिया तो एक था मोदी या एक था हिंदुस्तान ना हो जाए या एक था हिंदुस्तान न हो जाए मगर अपने बस की बात भारतीय तैयारे उड़े तो थे शायद पाकिस्तान को सबक सिखाने गिर पड़े नालायक कहीं के गिर पड़े नालायक कहीं के ये बोल किसके बारे में रही है पाकिस्तान को सबक सिखाने गिर पड़े...